फिलहाल हम लोग आए दरभंगा आप देख सकते हैं पीछे उनका पंडाल बहुत ही अच्छा लग रहा है अब अंदर जाके लुक दिखाते जा गया तो दरभंगा की दुर्गा माता को मैं दिखा रहा हूँ अंदर का इंटीरियर बहुत ही अच्छा बना फिलहाल oh तो दरभंगा में ये दिखाया गया है कि जैसे पहले सबसे पहले ये था उसके बाद ऐसी मूर्ति इनके यहाँ पंडाल बना था उसके बाद ऐसा कुछ बना था पंडाल फिर उसके बाद पिछले साल ऐसा कुछ बना था और अखिल बार ऐसा पंडाल दो so, भाई वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए थे कटघर जो कि प्रयागराज में है और भाई यहाँ का जो थीम दिया गया है केदारनाथ का दिया गया है भाई यहाँ का स्ट्रक्चर तो केदारनाथ के स्ट्रक्चर से बिल्कुल मैच कर रहा है मतलब मुझे लगा असली में केदारनाथ हमारे प्रयागराज में आ चुका है भाई आप देख सकते हैं अंदर अब मैं चल के दिखाता वो कैसा है अंदर का कुछ व्हाइट थीम पूरा दिया गया है इस पंडाल को और दुर्गा माता की फोटो भाई बहुत प्यारी आई है तो। लगा चुके हैं नेता नगर तो भाई क्या बदले हमारे क्या व्यक्तमान भाई फिलहाल हम जा रहे हैं पानी पे आपको दिखाते कैसा है